दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं आज आपके लिए ले लेकर आया हूं टॉप फाइव बेस्ट डीएसएल कैमरा एप्लीकेशन जो इसके जरिए आप डीएसएल एस लाइक फ़ोटो खींच सकते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम जानते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन है तो सबसे मैं आपको मेरे प्ले स्टोर पर ले चलता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो तो मेरे प्ले स्टोर पर आ गए हम तो यहाँ पर आप पहले नंबर पर सर्च कर लेना है ब्लेअर कैमरा तो ये वाला सर्च कर लेना जो ये वाला लोग आ जाएगा तो इसको आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो जब आपको जरूरत फोटो खींचने का तो डाउनलोड कर सकते हो तो यहाँ पे कुछ देख सकते हो कुछ फ़ोटो अपलोड किए हैं उन लोगों के कैमरे के बारे में तो यहाँ पर देख सकते इस तरह कुछ फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हो इसमें आपको ये वाला बिलो ज़्यादा है मतलब बिलो जैसा फ़ोटो भी यहाँ इसमें एडिटिंग कर सकते हो इसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकते हो इसमें देख सकते हो बहुत अच्छे खासे फ़ोटो इसमें आप ले सकते हो यह भी देख सकते, मतलब देख भी आप सकते हो, कुछ सकते देख सकते आपको सकते हो। देख सकते आप कुछ आप चाहते हो तो कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर कुछ सब कुछ कर सकते हो तो दोस्तों हम चलते हैं दूसरी नंबर पर तो दूसरी नंबर पर आपको सर्च कर लेना है ओपन कैमरा तो मैं आपको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ओपन कैमरा मैंने सर्च करके रखा है तो आपको मैं दिखा जाए ये वाला ओपन कैमरा चाहो तो आपको भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर भी कुछ देख सकते हो तो जैसे मतलब नॉर्मल जैसे फोटो खींचते हैं ना आप अच्छा वाला तो इसमें आप देख सकते हो ब्लोर कैमरा भी बराबर है सब कुछ है इसमें आपको देखने को मिल जाती है या बिल्कुल एच डीआर आर डी आर मत पानों मतलब हम नॉर्मल कैमरा पे आता है तो उसमें आप देख सकते हो इसका जो जिसका मोबाइल पे जो कैमरा नहीं रहता है डिलीट हो जाता है कभी कभी तो आप ये डाउनलोड करके आप इसको मतलब रख सकते हैं अपने मोबाइल पर देख सकते हो कुछ फ़ोटो भेजने भेजे हैं उन लोगों ने तो चलिए हम हमारे नंबर पर चलते हैं तो इसको पहले हम देख कर लेते हैं तो तीसरे नंबर पर सर्च करना है आपको ब्यूटी कैमरा बी ई ब्यू टी ब्यूटी कैमरा तो ये वाला सर्च कर लेना ले हज़ार इक्कीस सर्च कर लेना तो ये सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी ये तो इसको यार इससे डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर कुछ आपको फोटो में दिखा देता हूँ तो कैसा है कैसा नहीं देख सकते हो यहाँ पर आप कुछ फोटो देखने को मिल जाती है उन लोगों की मतलब बहुत सारे इफेक्ट फिल्टर सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको ऑल इन वाले एडिट देख देखने को मतलब चाहे आप कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ आप एडिटिंग कर सकते हो ये खास तरह के लड़के के लिए बनाए गए जो मतलब गर्ल्स मतलब है ना तो इसको यूज़ कर सकते हो अच्छे खास से। हम तो लड़कों के लिए भाई कुछ भी नहीं है तो जाने मतलब बहुत सारा आपको स्लिम कर सकते हो सोल्जर बढ़ा सकते हो वेस्ट पतला कर सकते हो बहुत कुछ फीचर देखने को मिल जाती है इसमें आपको दोस्तों हम चलते हैं हमारी चौथे नंबर पर तो चौथे नंबर पर जो ये पहले बैक कर लेते हैं तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं चौथे नंबर पर केनन कैमरा सी एन केनन गए कैनन ए गलती हो गया हाँ कैमरा कन्नड यहाँ पे तो आ गया हम देख सकते हो ये वाला कैनन कैमरा कनट इसको भी आप जहाँ तो डाउनलोड इंस्टॉल इसमें कर सकते हो देख सकते हो तो इसका अभी भी 4.3 का रेटिंग के साथ ये देखने को मिल जाती है 10 एम बी का दस मिल कुछ डाउनलोड है उसका यहाँ तो कुछ देख सकते हो मतलब कैमरा कन्नड मतलब तो आप जितना कैमरा से जैसे फोटो ले सकते हो आप उसको मोबाइल पर भी ले सकते हो इमेज ऑन कैमरा रिमोट लाइव व्यू शूटिंग मतलब आप कैमरे को मोबाइल पर दोनों के साथ इसमें कनेक्शन कर सकते हो इसके पास कैमरा है वो चाहता है कि मैं मोबाइल पे भी उसको देख सकूं तो यहाँ पर भी कर सकते हो यहाँ कुछ देख सकते हो फोटो उन लोगों ने अपलोड कर रखी है यहाँ पे मतलब बस सारे फोटो में अपलोड कर ये वाला देख सकते हो मतलब भाई और चांद कहीं तो फोटो ले लिए उन लोगों ने तो हो गया ये चौथे नंबर पर तो टॉप फाइव भी आता है हमारा वो वाला आपको मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर पहले सर्च कर लेते हैं टॉप फाइव का है आफ्टर आप, फोकस आफ्टर फोकसर फोकस तो ये सबसे पहले नंबर पर आएगा आफ्टर फोकस ये टॉप फाइव और ये भाई तो ये भी तीस एंड का टेन मिलियन डाउनलोड है उसका भी फोर पॉइंट थ्री का रेटिंग देखने को मिल जाती है चाहो तो आप यहाँ पे भी आपको इंस्टॉल कर सकते हो तो मैं आपको कुछ उसका फोटो भी दिखा देता हूँ तो ये आ गया देख सकते हो नेचुरल डी स्टाइल फोटो विथ स्मार्ट फोकस एंड ब्लो फोटो मतलब देख सकते हो ये पहले ऐसा फोटो था देख सकते ये पहला ऐसा था मतलब एडिटिंग के बाद कैसा दिखता है वो कैमरे के बाद आप चाहे तो इस तरह फोटो एडिटिंग कर कुछ मतलब इसे लाइन ड्रा करके आप इसको भी मतलब ब्लोर कर सकते हो इसका या मैं भी देख सकते हो भाई ये वाला गजब है भाई देख सकते ये फोटो ऐसा था मतलब एडिटिंग करके कैसा बना दिया है भाई मतलब अच्छे खासे फोटो एडिटिंग हो सकती है ये भी देखो ये भी मतलब फोटो भी कैसा था कैसा दिखाई अच्छे खासा फोटो एडिटिंग कर सकते हो एक खास तरह के लिए ये भी गर्ल के लिए बनाई गई है तो हम लड़के तो ऐसे ही बर्बाद है ये भी देख सकते हो मतलब अच्छे खास वीडियो देख सकते तो हो तो है ना वीडियो देखते हैं मतलब जैसे डी कैमरा करते हैं ना वीडियो ऐसा दिखता है उसमें तो सबसे मैं तो तीनों आपको मैं कैमरा बता दिया पाँच कैमरा हमको बता दिया तो चार जो आपको पसंद है आप डाउनलोड कर सकते हो तब मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना मैं ऐसे ही टॉप फाइव वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको लगा नहीं नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना तो मैं मिलता हूँ ऑफिस कर बाय